पूरी पर उतर आए हैं गाँव वाले उनके दिलों में आग लगाई मगर कम के सिरों की आग नहीं बुझी हमारा ही गोला बारूद हमारे ही सीने पर चलाना चाहते हैं है और तुम्हारा तुम्हारा रावण से भी ऊंचा पुतला बना कर गोलियों ऐसी और जल जाओ शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया लोमड़ियों ने मेला।, मेला लगाएंगे वो लोग चंदनपुर गांव में फिर मेला लगेगा मेला क्या कहा तूने लौंडिया जिंदा है हाँ हाँ गुजरा रूपा जिंदा है अकल <laughs> के साथ साथ तेरी आंखें भी अंधी हो गई हैं कधे याद नहीं हमारे सामने पहाड़ की ऊंचाई से गिरी थी वो साली लेकिन वो बच गई गुजरा अगर तुझे मेरी आंखों का यकीन नहीं है तो इन दोनों से पूछ ले हाँ गुजर वो लौटिया जिंदा और तुम लोग लौट आए उसके बिना खाली हाथ मैंने तो उसे पकड़ लिया था गुजरा लेकिन वो लड़की मेरे ही पेट में छुरा घुसेड़ कर भाग गई जखम दे गई मुझे जखम हाँ। जखम तो वो मुझे दे गई जो अब तक नहीं बड़ी आग है साली में अब गुज्जर का हर जगह तब भरेगा जब वो रूपा की आग बुझाएगा तितली है तितली साली उड़के जाएगी कहा जहां भी जाएगी लौट के गुज्जर के पास ही आएगी गुजर यहाँ तो गोला बारूद नहीं सेब है हमें ठीक तरह से देखना अबे मरवाएगा क्या तेरे को देखने को नहीं आता ऊपर सेब और संतरे मल नीचे होगा तो सारे फल है फल लाया है मैं तो गोला बारूद ही लाया था गुजरा अगर तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो इन से किस से पूछ ले। अब किससे पूछूं? मुझे माफ कर दे गुजरा मुझे माफ कर दे मुझे लगता है इसमें भी वो लोटे की चाल है और वो अकेली नहीं थी दो लोटे भी साथ थे लौंडे मिल गए लौंडिया को कले अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो असला बारूद और असली बारूद दोनों ढूंढ निकालने होंगे दोनों चाहिए गुज्जर को दोनों हेलो बंधुरा जो तुम्हारे भिडियो भलो लगे तो अवश्य लाइक कर शेयर कर सबस्क्राइब कर बेलैक अवश्य प्रेस करते दे। तो देखा हमारे भिडियो ते ब